जाखलगांव के तलवाड़ा में उज्जैन की धरती पर दिखाया जोरदार दमखम उज्जैन में हुई विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में जाखलखंड के गाँव तलवाड़ा के युवा जस्सी की अध्यक्षता में गए अनेक खिलाड़ियों ने उज्जैन की धरती पर दम दिखाते हुए जीत हासिल की इन सभी खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ कबड्डी लॉन्ग जंप हाई जंप आदि खेलों में ये जीत हासिल हुई इन बच्चों ने अपना पचम लहराते हुए गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल जीतकर अपने शहर और गांव का नाम तथा तो अभिभावकों और देश का नाम भी रोशन किया फल जाखल से दीपक कुमार की खासियत बेटे आपका हर्षप्रीत सिंह तो आप आज गांव तलवाड़ा के द्वारा सम्मानित किए गए हो कैसा महसूस कर रहे हो आप बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें गाँव तलवाड़े की पंचायत ने सम्मानित किया है तो आजकल के बच्चों नौजवानों को क्या संदेश देना चाहोगे खेलों के बारे में आजकल के बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि आजकल के बच्चे ज्यादा ऐसी ज्यादा घर बैठे हैं और फोन में लग रहे हैं कि इन सब ऐसी दूर रहकर इन आउटडोर गेम खेलें। रहे बेटे क्या नाम है आपका मेरा नाम वंश है वंश तो आज आपको ग्राम सभा तलवाड़ा के द्वारा सम्मानित किया गया कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है तो बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे खेलों के प्रति हम बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि फोनों के गेम से हटकर कर ग्राउंड में आए और दौड़ लगाएं। में क्या कुछ कार्यक्रम किया गया सर? देखो जी आज ग्राम सभा की मीटिंग थी क्योंकि तेईस फरवरी से पंचायतें तो भंग हो चुकी हैं लेकिन फिर भी हम अपना कार्य जो है निभा रहे हैं अभी तक जब तक नई पंचायत नहीं, नहीं बनेगी तो ये चार जो बच्चे हैं उज्जैन गए थे जिन नेशनल फेडरेशन में गोल्ड मेडल जीत आए हैं इनको हमने आज ग्राम पंचायत ने जो चल रही है तो इन्हें सम्मानित किया गया है